अल्हमदिल्लामी वलाकबतमी वसलात वसलाम सलमिमसलीम कल्ला तबारकिलफ़ुरहमीद बिस्मिन सदा मौलान आजीम व सदा का रसूल नबीकरीमूफी उल्लाबा नाबल क़ुरान वज अखलाका नाबल क़ुरान वजन्नत قال कुरबिलकुर व तबा काफ़ी شان महबिर व आमिर इन्नाल्लाहा व मदाहता व सल्लु ना अला नबी या अय्युहल लजीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लम तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामू अलैका या रसूलल्लाहा व अला आलिक व असहाबिका या महबिब रब्बना अस्सलातु वस्सलामू अलैका या नबीर रहमत व अला आलिक व असहाबिका या रसूलल्लाहा ز مہجوری برامت جان عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم ناخر رحمت للعالمین ز مرحومہ چرا فارغ نشین بظواغ سراز بولتے یمانی کے روے تست صبح ہے زندگانی ادیم طائف نالے نے باکو شِرا کا رشتہ ہے جاہائے باکو چه باشت کر کنی سوئے نگاہیں हमेशा गर्म बाशद गाहे गा या रसूल अल्लाह निगा निगा या हबीब अल्लाह हबीबा निगा पै कर या रसूल अल्लाह यारूल सत हज़ार जिबरील अंतर बशर हक सूह गरीबा यक नजर या रसूल अल्लाह यारूल लाहे یا حبیبر لا ہے اس ما قالنا اننی فی بحر الغم میں مغرق خذنی ساحلنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید التجباش میں وجه کرنودیر لقد دف زقامذ لا يمكن الثناء كما قال حقو بعد از خدا بذل کی قصه مختص تمام حمد و ثنا तारीफ़ और तोसीफ़ अल्लाह जल्ला मजतम की ज़ात बाबरकत के लिए जो खाल के कायनत भी है और मालिक शाश्तहात भी अल्लाह जल्ला की हम दो सना के बाद हज़ू नबी अक्रम शफी उम रसूल महतशम नबी मुक्रम अल्लाह के प्यार उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाय भै मालिके रकाबे मम फख्रे अरबो अचन वालिये कौन मकान सया मकान सयदे इन सुजा सब भरे लाला रुखां नैर रे तबां सर नशीन महावशां माह खूबांहन शाह हसीन ततिम्मा गौर सद खैर जोहरा जमाल जनपाये सुबह अजन नूहे जम येम फख्रदम नैयरे राषरा मासूम आमिन मुशतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के हज़ू नाज़ में अपनी अक़दतों इरादतों और महबतों का खराज पेश करज महतरम मोहतम सामी ख़वा हजारत अमेकुम वहमतुल्लि वर्क हम दो मतहत के बाद मज़स महतरम सामी आज फजीलत नमाज़ के ऊनवान से कुछ बातें आपके घोश गुज़ार करने की कोशिश करूँगा अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे कले हक जारी फरमाए नमाज एक अहम फ़ज़ीला है तो ताला पर ईमान तक्न के बाद नमाज की अहमियत और इसकी तकद जिस अंदाज के साथ फरमाई गई है वो किसी से मख् नहीं है क़ुरान मजीद में साढ़े सात सौ मरतबा मुख्तल सी से नमाज का हुक्म शादर किया गया है नमाज़ अल्लाह के कुर का ज़रिया है बंदा सजदे में सबसे ज़्यादा अपने रब से करीब होता है इंसान अशरफुलमखलूक़ात है जितनी भी मखलूक़ात के अंदाज़ इबादत हैं वो सारे नमाज के अंदर जमा कर दिए गए क्याम रकू कौमा जलसा सारा कुछ नमाज के अंदर जमा कर दिया गया बल्कि एक रिवायत में आता है कि जब कोई शख्स नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो फरिश्तों की दस शफे हैं जो ताजुब और रश करती साहिब कोतुल कलू शेख अबू तालब मक्की ने उसका मुफसल तस्करा फरमाया है कि कुछ फरिश्ते कयाम में हैं कुछ फरिश्ते कौत में हैं कुछ फरिश्ते रकू में हैं कुछ फरिश्ते सजदे में हैं कुछ तस्बी कर रहे हैं कुछ तहरील कर रहे हैं कुछ इस्तफा तलब कर रहे हैं कुछ सदा करते हैं कुछ दरुद पड़ते और कुछ दुआ मांग रहे हैं। जो रकू करता है वो हमेशा रुकू में है सजदा उसका मकसूम नहीं है जो कयाम में है वो कयामत तक कयाम तक क्याम में ही रहेगा जो तस्बी कर रहा है उसका वजीफा तस्बी ही है जो सना में लगा है वो सना को ही सारी जिंदगी कयामत तक अपनाए रखेगा जो इस्तार तलब कर रहा है वो इस्तार में ही है लेकिन जब इंसान नमाज के लिए खड़े होते हैं तो ये दस सफ़े जो फरिश्तों की हैं ये इंसान पे रश करती हैं इस एतबार के कि जो कयाम में है वो कहते हैं कि मेरी नमाज में तो सिर्फ क़्याम है लेकिन ये इंसान कितना खुश नसीब है कि इसकी नमाज में कयाम भी है रकू भी है सजदा भी है कऊद भी है इस्तफार वाले कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ इस्तफार है शना वाला कहता है कि मेरे पास सिर्फ सारी ज़िंदगी सना है लेकिन इसकी नमाज में सना भी है इसकी नमाज के अंदर इस्तफार भी है इसकी नमाज के अंदर दुआ भी है इसकी नमाज के नमाज के अंदर सलाम भी तो नोयत इबादत में लगी हुई है तो हजरत इंसान की इबादत पर फरिश्ते भी रश करते हैं कि ये कितना अल्लाह का मुक्रब है कि अल्लाह ने अपनी इबादत के सारे तरीके और अपने को पुकारने के सारे अंदाज एक इंसान को अता कर दिए नमाज अल्लाह के गुरब का सबसे बड़ा जरिया है हज़रत शेख मुजद अलफिस फरमाते हैं कि जो लज्ज़त नमाज में है वो किसी और जगह मौजूद नहीं हो सकती है नमाज की फजीलत मजदोशरफ़ इसका अंदाज और इसका आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि नमाज तो मजदोशरफ और फजलो कमाल का सबब है ही जो अजान है उसकी इतनी बरकतें हैं कि हजूर नबी रहमत ने फरमायाम कयामत के दिन सबसे ऊंची गर्दने अजान देने वालों की होंगी यज्जत मुआवी अजी अल्लाह त मदी है क्यामत के मैदान के अंदर जब, जब लोग चलेंगे तो सबसे ऊँची गर्दने मुजन अजान देने वालों की होंगी बल्कि एक शख्स की खदमत में हाजिर हुआ और वो अर्ज करता है कि हजूर मुझे ऐसे अमल की निशानदेही कीजिए कि मैं वो अमल करके जन्नत में दाखिल हो जाऊँ तो हुजूर ने फरमाया कौन है तू मुज बन जाए पंचगाना अजान दिया गया उसने कहा लास्तियों मैं इसकी इस्तात नहीं रखता वक्त पर आना सब नमाजियों से पहले आना और वक्त का ख्याल रखते हुए अजान देना ये सबसे मुश्किल काम है उसने कहा कि मैं इसकी इस्तात नहीं रखता तो फरमाया कौन इमाम अच्छा फिर तू इम बना जाए उसने अर्ज ला अस्तियों मैं इसकी इस्त भी नहीं रखता तो फिर हुजूर ने फरमाया इमाम तो फिर इमाम के पीछे खड़ा हो जाने वाला हो जा। तो अगर कोई शख्स जन्नत में दाखिल होना चाहता है तो इन तीन चीजों में से एक चीज उसको जरूर इख्तियार करना पड़ेगा या मुस्जिद बन जाए या इमाम बन जाए या इमाम के पीछे खड़ा होने वाला हो जाए तो नमाज की जो फजीलत है वो तो है ही अजान की इतनी फजीलत है कल कयामत के दिन क्या हजरत हबशी की के अंदर जन्नत में जाएंगे और उनकी गिरदने लोगों से बुलंद होगी। बल्कि नमाज के लिए एक तो अजान देता है उसकी तो भरकतें हैं ही। एक हदीस मेरी नजर से गुजरी जो फरमाया कभी मुर्गे को गाली ना देना यह तुम्हें नमाज के लिए जगाता है जो मुर्गा नमाज के लिए बेदार करे वो महबूब बन जाता है तो जो नमाज के लिए अजान दे वो कितना महबूब होता है जो बुलाए वो महबूब होता है तो जो नमाज जो मकसूद है जो पढ़े फिर उसको अल्लाह की मोहब्बत कितनी हासिल होती है बल्कि जब, जब कोई शख्स नदा देता में हैं। हज़रत अन्हों से है जब जब जब हज़रत बिलाले खामोश हुए ने काला, मिसला जिसने यकीन के साथ जो बिलाल ने कहा है वो जवाब में कहे यदि अजान का जो जवाब दे दे फर्माया जो यकीन के साथ अजान का जवाब दे दे फरमाया वो सीधा जनत में जाएगा अभी नमाज की जो फजीलत है वो एक बहुत बड़ा अमर है अजान देने वाले की जो बरकते हैं और उसको जो मजदोशरफ मिलता है और अजान की जो पुकार पर लबे कहता है लोग तीन तरह के हैं एक वो है कि जब अजान मिलती है तो वो फौरन सारे काम छोड़ के नमाज की तैयारी में लग जाते हैं एक रिवायत में आता है कयामत के दिन कुछ लोग जिनके चेहरे सितारों और मोतियों की तरह चमकते होंगे वो ज़ाहिर होंगे लोगों की एक जमात होगी फरिश्ते उनको पूछेंगे तुम कौन हो तो वो अर्ज करेंगे कि हम वो लोग हैं जू ही अजान होती थी हम सारे काम छोड़ देते थे और फौरन वजू करके मस्जिद का रुख करते थे तो फरिश्ते मुबारक देंगे और जन्नत का बुझद और आएगी जिनके चेहरे चांद की तरह चमक रहे होंगे फरिश्ते पूछेंगे तुम कौन हो तो वो कहेंगे हम वक्त दाखिल होने से पहले ही वजू कर लिया करते थे और अजान के साथ ही मस्जिद की तरफ चल देते थे फिर उन्हें मुबारक देते हैं और जन्नत का मुजग्ह देते हैं फिर एक और जमात आएगी जिनके चेहरे सूरज की तरह चमककार हो फिर पूछेंगे तुम कौन हो तो वो कहेंगे कि हम वो लोग हैं कि हम वजू करके तहारत बना के मस्जिद में पहुंच जाते थे तो अजान होती थी यदि हम अजान मस्जिद में ही सुनते थे हजरत सईदुलमसैब रजी अल्लाह आंखों से नाबीने थे लेकिन जो रोशनी दिल में थी जो बीना है उनके पास भी वो उजाले कहाँ हो सकते हैं जो हजरत सईदैब के पास थे अल्लाह कहते हैं चालीस साल तक हजरत सईदलमसैब ने जो है वो तकबीर उजा नहीं होने दी इसी वजह इस से उनका नाम पड़ गया था हमामतुल मस्जिद मस्जिद की हाजिरी का इस तरह इल्तजाम किया गया बल्कि जब यजीद ने मदीने को उजाड़ा अमाम जब उसने तीन दिन तक अहल मदीना को सख्त परेशान रखा और तो उसके घोड़े मस्जिद नबी के अंदर बांधे गए उस वक्त जो भी पकड़ा जाता उसको कत्ल कर दिया जाता तो हजरत उनके मस्जिद में रहे फरमाते लेकर मैं परेशान था कि जोहर का वक्त होगा कौन बताएगा मगर बिशा का वक्त होगा कौन बताएगा तीन दिन तक मस्जिद नबी में ना अजान हुई ना एक हुई ये बड़े खतरनाक दिन आए हैं और ये यजीद ने जिस तरह में जुल्म किया इसने इसके जुलम की वजह से अजान और नाबीने थे और जब भी कोई यजीद के फौजी आते तो नाबीना समझ के छोड़ जाते फरमाते मैं परेशान था ये मुझे नमाजों के, के वक्त का कौन बताएगा इस मुश्किल वक्त में इन्हें ये परेशानी लाए थी कि कहीं नमाज का वक्त ना गुजर जाए तो कहते मैं हुजूर के वादे के, वादे के वादे पास बैठा था मैं जब भी फिर नमाज का वक्त आया गुम्बत से अजान की आवाज भी आई और एक आवाज भी आई तो जो शख्स एहतमाम करें कि हमने तकबीर उमाम उन हालात में भी उनकी तकबीर उजरा तक के मकिन के साथ मिलकर नमाजें पढ़ते रहे हजरत सईदैम रजी अल्लाह अद्भों का एहसास है ये उनकी तकरीन है ये उनकी इज्जत अफजाई है अल्लाह अकबर कुछ लोग मस्जिदों की मेखें होती हैं जिस तक किल ठुका होता है वो मस्जिदों में यूं वाबस्ता होते और अगर किसी वजह से वो मस्जिद की हाजिरी से बीमारी की वजह से अगर वह मस्जिद में नहीं आ रहे अल्लाह के फरिश्ते उनका हाल पूछने के लिए जाते उनका एजाज है ये उनकी तक्रीन बल्कि फमायाब आतु यौमला امام عادل وشاق النش في عباده الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امراه ذات منصب وجبال فقال اني قاف الله ورجلان تهابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل تصدق بصدقه فاخفا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله قائلا ففاضت عيناه वो आदमी जिसका दिल मस्जिद के साथ लगा हुआ है उसे जब भी ठूंढो मस्जिद में मिलेगा मस्जिद के साथ वाबस्ता है मस्जिद की तमीर के लिए मस्जिद की आबादी के लिए मस्जिद की सफाई के लिए उसका दिल मस्जिद से वापसता है फरमाया तो कल क्यामत के दिन जब, जब कोई साया नहीं होगा इस शख्स को अल्लाह अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमा दे अल्लाहन तो अजान एक और मस्जिद ये नमाज से मुतलका चीजें हैं अल्लाह ने इन चीजों पर भी वो, वो शर्फ रखा है जब अकामत होती है तो अल्लाह आसमान के दरवाजे खोल देता है और ये जो का वक्त होता है इस वक्त जो दुआ मांगो अल्लाह दुआ पूरी फरमा देता है और और हजरते अनस अल्लाह से रिवायत है कि के, के दरमियान का जो वक्फा होता है इस वक्फे में जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है रद्द नहीं करता बल्कि ने शाद फरमाया उस वक्त अल्लाह से दुआ मांग लिया करो सियाबा ने फिर कौन सी दुआ मांगे उस वक्त उस अहम वक्त में हम अल्लाह से कौन सी दुआ मांगे हजूर ने फमाया सल आफियत आखिरत अल्लाह से दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ की बेहतरी और आफियत तलब कर दिया यदि दुनिया भी ठीक हो जाए आखिरत भी ठीक हो जाए मोमिन दोनों जहानों का तलब है एक सहाबी को देखा सख्त कमजोर है फरमाया तुम्हारी ये हालत क्या हो की मैंने से दुआ मांगी कि जो दु की मेरी आखरत साफ हो जाए बजहिर यह बड़ी एक ऐसी बात थी जिसपे दाद दी जाती कि उसने आखिरत को अख्तियार किया लेकिन हजूर इस बात पर खुश नहीं हुए फर्मा तू ने यह क्यों कहा है ये मेरे हिस्से की जो तकलीफें वो दुनिया पर ही आ जाए आखत में ना आए तो उन्हें यह क्यों नहीं कहा दे आखत में भी बेहतरियां, दे दे, में भी बेहतरियां दे। जो मोमिन है वो दोनों जहां की बेहतरियां चाहते ये नहीं है कि दुनिया के ऊपर पिसते रहे हम दुनिया के ऊपर पिसने के लिए नहीं आए उम्मत मुस्लिम दुनिया आखरत दोनों की तालब में और दोनों की चाहने वाली और अल्लाह के खजाने बड़े वसी है इसलिए जब, जब उससे मांगो तो खुल के मांगो तुम अपने दामन को तंग पाओगे उसके खजानों में कमी नहीं है इसलिए अपने लिए भी मांगो औरों के लिए भी मांगो दुनिया भी मांगो दीन भी मांगो आखरत भी मांगो तो अर्ज की गई के दरमियान अल्लाह से क्या मांगो तो फोल्ला दुनिया अल्लाह से दुनिया और आकरत की आफियत करा तो ये बूलियत तो के लम्े जो हां जो दुआ की जाए अल्लाह उस दुआ को मुस्ता फरमाता है बल्कि नमाज तो आगे आती जब इंसान के लिए के लिए अपने चुल्लु में पानी लेता है तो अल्लाह ताला उसके तुल्लु में पानी लेते ही उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हजरत उस्मान बिन अफान रज हो आप एक जगह तशीफ लाए और आपने पानी मंगवाया फिर उसके बाद आपने वजू किया और वजू करते करते आप मुस्कराने लगे जो लोग पास खड़े थे हजरत उस्मान इबन अफान उन्हें कहने लगे कि तुमने मुझे पूछा नहीं कि मैं मुस्कराया क्यों लोगों ने कहा अच्छा आप बताएं कि आप क्यों मुस्कराए हैं तो हजरत उस्मान फरमाने लगे कि एक दिन मुझे पूछा नहीं सहाबाया क्यों तो सहाबा ने अर्ज की मा का या रसूल आप एर आप क्यों मुस्कुराए तो असाबा जरा कदा ही जब जब कोई के लिए पानी मंगवाता है और पानी मंगवा के अपने चेहरे को धोता है अल्लाह हर कतार को चेहरे से दूर कर देता है और इसी तरह जब वो अपने बाजू धोता है तो हाथों के सारे गुना अल्लाह तो डालता है और इसी तरह जब वो अपने पाओ को धोता है तो अल्लाह ताला तलाशाह पाओं के सारे गुनाओं को धो डालता है नमाज का फजलोशरफ और उसकी फजीलत वो तो मुसलमा है नमाज से पहले जो अमल है अल्लाह इसकी बरकतों से गुनागाल को जहन्नम की आग से आजादी बख्शता है बल्कि जिस जगह पर नमाज पढ़ है अगर उस जगह को कोई शख्स उसकी सफाई सुथराई करे हदीस के मामाते मस्जिद से कोई तकलीफ कूड़ा कर निकाल करके बाहर फेंगे तो हजूर ने फरमाया ये मोटी आंख वाली हक महर है ये जो मस्जिद की सफाई करते हैं लिखा है कि मस्जिद साफ करने से दिल साफ होता है जो, जो शख्स मस्जिद साफ करे उसका दिल पाक सुथरा और ये मस्जिद से जो आप कूड़ा निकाल के बाहर फेंकते हैं ये हूल का महर है जो आप अदा कर रहे हैं अल्लाह बल्कि ने माया मन बना मस्जिद जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई किस लिए ताकि उस मस्जिद में जिक्र हो फरमाया बदन माहू लहू ब अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देता और एक रिवायत में है कि जिसने तितर के घोसले के बराबर यदि हुजम में थोड़ी जगह पर मस्जिद बनाई ने यह लिखा है ये ना कहो फला मस्जिद छोटी है या फला मस्जिद बड़ी ये ना कहो क्योंकि कोई भी अल्लाह का घर छोटा नहीं है सारे बड़े हैं ये कहो फला में नमाजी ज्यादा आते हैं फलाह में नमाजी थोड़े आते हैं नमाजियों की गुंजाइश काम है फला है और फलामें जो है वो नमाजियों की गुंजाइश ज्यादा है ये कहो बाज हम अमूमन हमारे यहाँ रोजमर यही है हम कहते हैं वो छोटी सी मस्जिद छोटी नहीं कहना चाहिए मस्जिद को जिस चीज का ताल्लुक रब से हो जाए फिर वो छोटी नहीं रहती वो बड़ी हो जाती है इसलिए इस मिजाज को बदलने की जरूरत है बल्कि वासफ अली वासफ ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी उसने कहा मस्जिद क्या कोई भी शायद छोटी नहीं है कोई शायद छोटी तब नजर आती है उसे दूर से देखा जाए या फिर हरूद से देखा जाए जब किसी को दूर से देखो या फिर हरूद से देखो तो वो छोटा नजर आएगा वरना कोई भी शहर कारखाना कुदरत में छोटी नहीं है हर शायद बाजमत है तो बिलखसूस जिस चीज की नस्बत जो है वो अल्लाह जल्ला शाहू उसके रसूल करीम से हो जाए वो चीज छोटी नहीं हो सकती है ये कहो गंजाइश उसमें थोड़ी है नमाज हुजूर ने अब्बास मुतल रजी अल्लाह के रिश्ते में चचा लगते हैं उनसे पूछा कि चा आप बड़े हैं या मैं बड़ा हूं तो उन्होंने जवाब की हजूर साल मैंने ज्यादा गुजारे हैं बड़े आप ही हैं ये नहीं कहा कि मैं बड़ा हूं कहा साल मैंने ज्यादा गुजारे हैं लेकिन बड़े आप ही हैं तो जब नस्बत अच्छी जगह हो तो फिर अपनी जुबान को एहतियात के साथ हरकत देनी चाहिए तो औला माने इस को बयान किया है कि यह न को छोटी मस्जिद या बड़ी मस्जिद बल्कि कहो फला मस्जिद में नमाजियों की गुंजाइश थोड़ी है छोटी उसको नहीं कह सकते तो जिसने तितर के घोंसले के बराबर इतनी थोड़ी जगह पर मस्जिद बनाई अल्लाह उसका भी जन्नत में महल बना दे देता है तो जिस जगह सज्जदा करना है जिस जगह पेशानी रखनी है अल्लाह अकबर वो जगह भी इतनी बरकतों की हामिल है बल्कि फरमायान जगह रुए जमीन पर है तो वो मस्जिद हैं और बदतरीन जगह रुए जमीन पर हैं तो वो, तो वो असवा बाजार है हुक्म है मस्जिद में जल्दी जाओ और देर से आओ बाजार में देर से जाओ और जल्दी वापस आओ वो हमारा अंदाज इससे मुख्तलिफ है लेकिन हुक्म यही है कि मस्जिद में जल्दी जाओ देर से वापस पलटो बल्कि एक हदीश में आता है जिसने नमाज फी और फिर वो जिक्र में लगा रहा बैठा रहा हद तक सूरज हो गया और फिर उसने दो रकत पड़े जिसको सलातुल शरा कहते हैं तो फरमाया उसको मकबूल हज और उम्र का अल्लाह के पाकघर की जहां नमाज अदा होनी बाकी रही बात नमाज की उसकी क्या, क्या फजीलत है तो आइए हजरते नबी रलाम का एक फरमान जिसको इमाम बुखारी ने हजरत अबूरा से न्याय से मुखातब होकर कहा ताला का उस नहर में हुसल करे मुझे बताओ क्या उसके बदन पर कोई मैल कुछ बाकी रहेगीबा ने बदन पर कोई मैल बाकी नहीं रहेगी फरमाया यही पांच नमाजों की मिसाल है जो शख्स पंजगाना नमाज पढ़ता है उसके बदन पर गुनाहों का कोई मैल बाकी नहीं रहता अल्लाह ताला गुनाहों को धो देता है जिस शख्स ने पंजगाना नमाज का मिजाज बना लिया फरमाते हैं और यह भी हजरत इमाम बुखारी ने हजरत अब्दुल्ला रजी तवायत नकल की है कि से सवाल किया गया सबसे ज्यादा अल्लाह को महबूब अमल कौन सा है कौन सा वो अमल है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है काला असला तो अला वक्त फरमाया वक्त पे नमाज पढ़ना औलादी आदम के जितने भी अमान है अच्छे नेक साले अमान उनमें से अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब अमल जो है वह वक्त पे नमाज पढ़ना है सुम्मा अयो से जू फिर उसके बाद काला सुमा बिर वाल है फिर वालदेन के साथ उसने सलूक कर नमाज के बाद सबसे ज्यादा अहमियत वालदे के साथ उसने सलूक की है आजकल मिल जुमला कबाहतों में यह कबाहत बहुत ज्यादा पाई जा रही है कि लोग अपने वालदे की ताजीम नहीं करते उनकी तस्वील करते हैं हजूर नबी अहमद सल्ला वसलम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने अर्ज की हजूर मेरा बेटा अपनी चीजों को मुझे हाथ नहीं लगाने देता तो हजूर अम ने उसके बेटे को बुलाया पूछा उसने की इसको पता नहीं है तो ये मेरी चीजें खराब कर देता है इमाम तिबरानी ने मौज में ये रिवायत बयान की हजूर की, की आंखों में आंसू आ गए फमाए एक वक्त वो था कि इसकी चीजें तू खराब करता था इसने तो नहीं कहा था कि ये मेरी चीजें खराब करता मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा ने वो तारीख साथ चाहे तसरफ कर सकता है तो उसको रोक नहीं सकता है तो वालदेन की नाफरमानी अल्लाह की रहमतों से इंसान को महरूम कर देती है और वालदेन की फरमा बरदारी अल्लाह की रहमतों का हकदार बनाती है एक अदीस में आता है कि चार शिकास ऐसे हैं कि जब कयामत का दिन होगा तो जन्नत में जाने से उन्हें कोई शह भी रकावट नहीं होगी एक वो शख्स जिसने ऐसी सच्ची तोबा की कि गुनाह की तरफ पलटना इतना मुश्किल है जिस तरह थन से निकला हुआ दूध वापस जाना मुश्किल होता है और दूसरा वो शख्स जिसने अपने वालदेन को राजी कर रखा और तीसरी वो खातून जो इस हाल में मरी कि उसका शौहर उसके ऊपर राजी था और चौथा वो शख्स जिसके जरा आमदनी थोड़े हैं लेकिन अयाल है औलाद ज्यादा है लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी औलाद के पेट में हराम का एक लुकमा भी न जाने दिया तो फरमाया कल कयामत के दिन कोई चीज उसको जन्नत में जाने से नहीं रोक सकेगी तो वालदेन फर्मा बर्दारी करना यह नमाज के बाद अहम फरीजा है वालदे मुबतला है तकलीफ में और बंदा कहता है कि मैं जहाद पर जाऊं हजूर ने इसकी हौसला शिकनी फरमाई और वह बुखारिशियत की रिवायत है एक शख्स ने इसने जिहाद तलब किया तो फरमायादा का क्या तेरे वाले जिंदा है काला नाम अरज की हाँ हजूर मेरे वाले जिंदा है काला फीह फिद कहा जा उनकी खिदमत का यही तेरा जिहाद वालदेन फालिजा और बेटा तबलीगी चिल्ला काटने गया हो इस्लाम तो इसकी हौसला अफजाई नहीं करता माँ बाप को जरूरत हो और बेटा पीर की पे जा के बैठा हो इस्लाम तो इसकी हौसला अफजाई नहीं करता हमारे सामने वैसे करने की मिसाल मौजूद है बटन खोल खोल के लंबे सांस लिया करते थे और मुझे यमन से याद की खुशबू आती है किसी ने कहा हजूर वो कौन है जो आपको मिलने में नहीं आया लोग कहाँ कहाँ से आगे यमन तो दूर भी नहीं है तो वो मिलने भी नहीं आया आपको तो फरमाया उसकी बूढ़ी और नाबीना मां है जिसकी खिदमत उसे मेरे हुजूर आने से रोके हुए बल्कि फरमाया कोई ओवैस को मिले और मेरा सलाम दे और उसको कहे कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे हजरत उम्र फारूक और हजरत मुतजा दोनों गए हुजूर का सलाम पेश किया हजरत करनी ने जब सुना तो आंखों में आंसू ढालाया और बार बार कहते थे बताओ हजूर के लब्भों पर मेरा नाम कैसे आया कैसे कहा था उवैस को सलाम देना? जब, जब मोहब्बतों तो के, के उमड़ते हुए तुमने मेरे रसूल को देखा कहा हां हम तो शाम सवेरे रहते खिदमत में थे कहा बताओ हजूर के अबरू जुड़े हुए थे या खुले हुए थे अब ये है कहा मुझसे पूछ लो जिसने नहीं देखा कोई दूर से देखता तो जुड़े हुए नजर आते करीब आके देखता तो खुले हुए नजर आते तो मालूम यह हुआ कि जो माँ बाप की खिदमत में रहा वो हुजूर की सोहबत से भी मालूम नहीं रहा हुजूर के कुरब की दौलत से भी वो माला माल रहा है हजरत बाईजीजानी कहते हैं कि मैंने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़े मैंने कहा अम्मी तेरे हक अदा करूं या कि अल्लाह के हक अदा करूं अपने हक माफ करते मैं अल्लाह को मना लेता मां ने कहा जाओ बेटा बारह साल जंगलों में घूमते रहे एक दिन गुस्ताम के करीब से गुजर रहे थे दिल में ख्याल आया, जाते-जाते मां को सलाम कर रहे दरवाजे को दस्तक देने लगा रात का मौका था ख्याल आया कि सारी ज़िंदगी को सुख नहीं दिया दुख भी क्यों मां सोई होगी मेरे लिए उठेगी दरवाजे के साथ लग के खड़े हो गए सर्दियों की लंबी रात थी सारी रात बीत गई जब शहरी का वक्त हुआ अंदर से जो नाली आती थी वहां से पानी आया समझ गए मेरी माओ शहरी के लिए और तहजद के लिए बेदार हुई और ये उसके वजू का पानी है दरवाजे को दस्तक दी अंदर से आवाज आई बेटा ठहरों में आती हूँ माए तो बेटों के दस्तक के अंदाज से जानती होती ये कौन सा बेटा दस्तक दे रहा है ये माँ का प्यार मां है माँ ने दरवाजा खोला हजरत बास्तानी कहते हैं कि फटे हुए कपड़े पैवंद लगे हुए और बिखरी हुई हालत माँ ने जब देखा तो आंखों में आंसू मटा बारह साल के बाद बेटे को देखा था मां ने जब देखा तो हाथ उठा लिए कहा मालिक मेरा बेटा बायजीद तेरी तलब में निकला था तूने अभी तक उसे अपना नहीं दिया? जुमले थे मां की जुबान पर हजरत बा कहते हैं बारह साल की रियासतों से मुझे जो कुछ नहीं मिला था इन जुमलों से मिल गया मैंने कहा मालिक मैं तुझे कहां ढूंढ रहा हूं तू तो मां की दुआ में है तो अगर वाले नाराज है तो इबादत इबादत नहीं है और एक रिवायत में आता है जिसने वाले तंग किया और उसके वाले नाराज थे कयामत के दिन वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा और जन्नत की खुशबू पांच सौ साल की मसाफत से आना शुरू हो जाएगी लेकिन वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा जिसके वालदे उस पर राजी नहीं है तो फरमाया पहली चीज क्या अल्लाह को जो महबूब तरीन अमल है वो वक्त पर नमाज पढ़ना है दूसरा महबूब अमल बिल्दे वाले उसने सुलूक करना के कौन सा तो तो नमाज को फिर उसके बाद वाले, वाले देन के साथ उसने सलूक करने को और फिर तीसरे नंबर पर हजूर ने जिहाद का जिक्र फरमाया हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह से एक रिवायत है और रिवायत बयान करते हैं हजरत अबू उस्मान रदी अल्लाह कहते हैं सलमान फारसी सफर में था खजान का मौसम था और दरख्तों की शाखों के ऊपर जो पत्ते थे वो जर्द हो गए हुए थे एक दरख्त आया जिसकी एक शाख लटक रही थी और जिसके ऊपर जर्द पत्तों का गहना था हजरत सलमान फारसी ने उस शाख को पकड़ा और झटका दिया जितने पत्ते, पत्ते थे गिर गए इस, इस मंजर को देख करके के मैं महजूज हो रहा था कि हजरत सलमान फारसी मेरी तरफ, तरफ तवजो पजीर हुए और कहने लगे अबू तूने पूछा नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया तो मैंने कहा कि हजरत आप बता दीजिए आपने ऐसा क्यों किया कहा एक दिन मैं हुजूर के साथ था सफल का मौका था और मौसम यही था दर की एक शाप लटक रही थी जिसके ऊपर जर्द पत्ते थे हुजूर तो तो मुझे पूछा नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया कहते मैंने अर्ज की बंदा करते कि आपने ऐसा क्यों किया तो हुजूर ने फरमाया जिस तरह मैंने इस शाख को जुम्बट दी और इसके ऊपर कोई पत्ता बाकी नहीं रहा जब कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है इस तरह सारे गुनाह उसके बदन से झड़ जाते तो ये नमाज की बराकत है यानी या चाबी के बगैर ताला नहीं खुलता तो अगर जन्नत में जाने की आजू है तो फिर नमाज की अदायगी का मिजाज बनाना होगा नमाज की अदायगी का मिजाज बना लेंगे तो ये जन्नत को खोलने वाली मिफ्ताहुल जन्नत जन्नत की ये चाबी है बल्कि हजूराम ने, ने शार फरमायामत बंदे से सबसे पहला सवाल नमाज का होगा अगर पहले सवाल के अंदर ही इंसान बेबस हो गया तो बाकी मामले तो खराब हो गए और जिसने इसके जवाब के अंदर आसानी पाई उसके बाकी मामले भी लठीक फरमा देगा तो कयामत के दिन बदलों से सबसे पहला सवाल जो है वो नमाज का होगा और मेरे और आप खुशबू मनकूह औरतें और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई हजूर ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक करार दिया बल्कि नवाज की बराकत का आलम यह है कि हजूर नबी रहमत सलम ने इर्शाद फरमाया हजरत रबिया बिन का खिदमत में हाजिर थे और खदमत किया करते थे तो हजूर ने फरमाया सन कोई सवाल कर लीजिए मांग लीजिए हैं आज वो माह और भी कुछ मांग अल्लाह बसल मांग लीजिए तो हजरत रबिया ने क्या मांगा हजरत रबिया कहते हैं फकुल तो, तो मैंने अर्ज की अस आलो का मराफाकता काफिन जनना हजूर यहां जिस तरह मुझे आपका हासिल है जन्नत में भी आपका नसीब हो जाए जन्नत का लुत्फ तो तभी नसीब होगा कि अगर आपकी मराफकत नसीब हो जाए तो जूर आलाम ने, ने, ने फरमाया ये तो, तो मिल गया कुछ और मांग लो अल्लाह अकबर तो मैंने की, फकुल तो मैंने कहा हजूर बस यही काफी जन्नत में आपका कुदब मिल जाए तो मुझे और क्या चाहिए शायद इसी का नाम है तो ही ने जस्तु हो मंजिल की तलाश तेरे नक्शे कपे पाके बाद अगर आपका कुर्ब नसीब हो जाए तो मुझे और किसी चीज की तलब रहती नहीं है कोई भूख ही नहीं बाकी रहती मैंने कहा बस बसूल काफी हो वह का बस काफी है ने अला नफसे का तो के के साथ मेरी मदद करना यदि अगर तुम जन्नत जाना चाहते हो मैं तुम्हें वादा देता हूं लेकिन ये नहीं कि मेरे वादे पर तुम जन्नत की आजू में जन्नत की ख्वाहिश में जो मैंने तुमको तुम वादा दिया वो वादा, वादा पूरा होगा लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम सटदे छोड़ दो फरमाया इस, इस वादे की तकमील के लिए तुमने मेरी कसरत के साथ मदद करनी है तो जन्नत की चूंकि चाबी ही नमाज है इसलिए हजूफ ने हजरत रबिया को जन्नत की बशारत देने के बाद भी ये बात कही कि कसरत सजूद से तुमने मेरी मदद करनी कुछ लोग हदीस का पहला हिस्सा तो बयान कर देते हैं अगला हिस्सा छोड़ देते हैं हुजूर <भुण> ने वादा जन्नत दिया लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वादा जन्नत के बाद वो सजदों को छोड़ दें। हुजूर ने दे अशराबरा अच्छा के लिए वादा जन्नत दिया वादा लेकिन इसके लेकिन बावजूद वो नमाज के मामले के अंदर कभी किसी सुस्ती का इतकब नहीं किया करते थे बल्कि वो बहुत ज्यादा कसरत के साथ सजदे करने वाले थे हजूर नबी रहा है इर्शाद और एक हदीस सुनिए इसको रिवायत हजरत इब्ने उमर हैं कि के कुछ लोग चले गए और कुछ लोग मस्जिद में ही बैठे रहे फजा तशरीफ लाए और हालत यह थी कि हजूर बड़े तेज तेज, तेज कदम उठा के जहां बैठे थे उधर आ रहे थे आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए तुम्हारा रब है और उसने आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए हैं यु बा और वो फरिश्तों में फखर कर रहा है तुम्हारी वजह से फरिश्तों के अल्लाह फर फरमा है। और क्या फरमा रहा है यकूल अल्लाह कद फरमाता है और मेरे बंदों को देखो उन्होंने एक नमाज पढ़ ली है और दूसरी नमाज के इंतजार में बैठे हुए हैं तुम्हारे इस अमल की वजह से और तुम्हारे इस दूसरी इशा की नमाज के इंतजार की वजह से अल्लाह फरिश्तों में फख्र फरमा रहा है फरिश्तों जरा झुक के नजर धड़ा के जरा मेरे बंदों की अदाखों को तो देखो कि वो एक नमाज पढ़ के दूसरी नमाज का इंतजार कर रहे हैं। तो नमाज का तालिब जो है वो अल्लाह जल्ला शाहूस पर फहर करता है हालांकि बंदे को इज्जत और न्यासमंदी के इजहार के लिए नमाज पढ़ना होती है लेकिन नमाज पढ़ने वाले पे अल्लाह कितना राजी होता है ये फरिश्तों को कहता है और आसमान के सारे दल खोल के कहता है फरिश्तों देख लो मेरे बंदों को क्योंकि फरिश्तों ने कहा था कि सजदे तो हम करेंगे रुकू तो हम करेंगे ये तो धीघा मुश्ती करेंगे ये तो फसाद और शर पाएंगे अल्लाह फखर करता अपने उन बंदों पर जो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के मुंतजर होते हैं और फरिश्तों कहता है देखो मेरे बंदों को तुम तो कहते थे कि ये लड़ाई करेंगे देखो कि नमाज पढ़ लिया घर को नहीं जा रहे कि दूसरी पढ़ के जाएंगे अल्लाह बंदों के इस अमल पर मन तलाता जान बूझ के नमाज छोड़ी गोया उसने एलानिया है और एक हदीस के लफ सुनिए ने नमाजियों को बशारत दी जो पंचगाना नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं और साथ ये भी फरमाया कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं कल क्यामत के दिन दुश्मना खुदा के साथ और हमान के साथ कानून के साथ और फिर कल क्यामत के दिन खड़े कर दिए जाएंगे हम में से क्या कोई शख्स ये चाहता है और कोई इस बात को गवारा कर सकता है कि अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों के साथ हम कल के दिन खड़े हों। लेकिन अगर कोई शख्स नमाज छोड़ने का आदी है तो उसको खुदा के साथ खड़ा होना पड़ेगा अल्लाह फरमाता है कि कुछ लोगों को क्यामत के दिन रास्ते में लोग उनको मिलेंगे और वो कहेंगे माशाला काम जहनम में क्यों जा रहे हो तो वो जवाब के दिन यही कहेंगे नल मुसल्ली हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे नमाज ना पढ़ने की पादाश में आज हम जहन्नम का ईंधन बन रहे हैं नमाज पढ़ने वाले अल्लाह की रहमतों के हकदार होंगे और जब कोई बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है अल्लाह फरिश्तों को कहता है कि मेरा बंदा मेरे हुजूर खड़ा होने लगा है इसके बदन से गुना उतार के एक समत ढेर लगा दो ताकि मेरा बंदा मेरे हजूर पाप साफ होकर खड़ा हो जाए तो बंदा नमाज पढ़ता, पढ़ता रहता है पढ़ता, पढ़ता रहता है हदीस में आता है कि जब, जब नमाज मुकम्मल करके जाने लगता है तो फरिश्ते नमाज पढ़ के गुनाहों का जो ढेर अलग किया हुआ था दोबारा इसके साथ लगा दे अल्लाह फरमाता है इससे गुनाह तुमने उतार दी है अब उतरे ही रहने पर और ये मेरा बंदा सुथरा होकर घर की तरफ पलट जाए तो ये नमाज की बराकात है बदन पे मैल नहीं रहता मन सुथरा होता है चेहरे पे नूर आता है अंदर सफाई मिलती है रिस्क में बरकत होती है जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है सारा दिन उसको बरकत नसीब होती है और एक अभी शख्स इशा की नमाज पढ़ के सो गया उसको आधी रात तक जागने का सवाब मिला और जिसने सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ी उसको पूरी रात जो है वो जागने का सबाब मिला तो फजूर ने फरमाया जिसको मस्जिद में आते जाते देखो उसके ईमान की गवाही दे दो ये मोहमिन है तो में अहले अहले ईमान ईमान जाते हैं हैं। और ही आबाद करते हैं। वो नमाज रखी गई है, तो है। माहम रमाजानक के दामन से जब नूर हमारे दिल में दाखिल होता है तो हमने देखा जो लोग जुम्मत मुबारक भी नमाज नहीं पढ़ते हैं वो भी पंजगाना नमाज के आदि हो जाते हैं काश इस नमजानक के, के बाद भी हम नमाजों के को बाकी रखें। जिसने नमाज जाया कर दी गोया उसने अपने दिन को जया कर दिया जिसने नमाज कायम ना की उसने दीन का सुतून तोड़ दिया और जिसने दीन का सुतून तोड़ दिया तो सुतून के बगैर छत बला कैसे कायम रह सकता है और तो ये जो रिवायत मैंने आपके सामने रखी मन तारा का सलाह था जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी गोया उसने फर्क किया है सहाबा हैं मोमिन और काफिर के, के दरमियान हम तो फर्क नमाज को समझते थे जो नमाज पढ़ता था हम समझते थे मोमिन हो गया तभी पढ़ता और जो नमाज नहीं पढ़ता था हम समझते थे कि वो काफिर है तभी नहीं पढ़ता मोमिन होता तो जरूर तो तो तो पढ़ता तो तो इमाम शाफी और दीगर आइमा का फतवा यह है कि बेनमाजी को कत्ल कर दिया जाए लेकिन हमारे माम हजरत अबू हनीफा फरमाते हैं नहीं बेनमाजी को कत्ल ना किया जाए बल्कि उसको हाकम वक्त कैद कर दे यहाँ तक कि वो तोबा करे और नमाज का वादा करे तो फिर उसको छोड़ा जाए हजरत आजम शेख अब्दुल जी अलामा फरमाते हैं कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रुस्तान में दफन न कर हजरत सुल्तान बाबू फरमाते हैं कि बेनमाजी से खनजीर भी पना मांगता है कर्ज न दो जो अल्लाह का कर्ज अदा नहीं करता तुम्हारा कर्ज कैसे अदा करेगा तो के लिए और ये खुशखबरियां थी अदीस के से जो मैंने इंतजाम करके आपके सामने रखी कि अल्लाह नवाजी को कितनी बरकत अता फरमाता है और उसके अंदर कितने उजाले और नूर उतरते हैं असल पता तो कल क्यामत के दिन चलेगा लेकिन साहबो जो दुनिया के ऊपर नमाज पढ़ने का मिजाज रखता है अल्लाह तला शाह आखरत के अंदर तो उसको सिले देगा ही उसका दिल तमानियत के नूर से मालामाल हो जाता है और जरा इजहार अफसोस है उन लोगों के लिए कि जो नमाज नहीं पढ़ते हैं इंसान अशरफुलमखलूकत है और सुबह लंबी तान के सोया होता है जरा गौर तो करे सुबह चिड़िया भी अपने घोंसलों में अल्लाह का नाम ले रही होती हैं और हशरा भी अपनी बिल्लों से सर निकाल के रब का नाम जप रहे होते हैं तो कायनात की कोई चीज ऐसी नहीं है जो रब का नाम ना जपती हो दरख्त अशजार कायनात का एक, एक जजरा तुम्हारे रब का नाम जपने वाला है तो जो अशरफुलमखलूकत है उसका ज्यादा हक है कि वह अपने रब की हजूल बंदगी का सर झुकाए लेकिन ये तकब और, और तमव के अंदर आकर के अपने रब, रब के हुजूर सजदे से इनकार कर देता है फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था इबलीस ने अल्लाह को सजदा करने से इनकार नहीं किया था और वो हो गया और जो शख्स सारे 700 सौ मरतबा हुक्म के बावजूद अपने रब को सजदा नहीं करता है उसका फिर ठिकाना क्या होगा शैतान <Syltan> ने तोम नहीं किया था रब को तो करता था तो अल्लाह ने उसको भी सजदा नहीं करता है तो फिर उसका सोचने है। आज की इस बाबर महफल में खातन हजरात ये आजम करके अपने दिल में जाए कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमतों और करम नवाजियों का हिसाब दे वह आखिर उदाह आफ़ाक के हर भर, हर, भर, हर भर, कोशे में कुरान सुनाकर दम लेना अब, अब रुकना, रुकना नहीं।, नहीं अब थमना नहीं, नहीं। फिरदौस में जाकर जा दम